नमस्कार दोस्तों मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल एग्जाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों संविधान की हमारी चौथी वीडियो है और मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और बेलाइकन जरूर दबा लीजिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर दोस्तों जो आज का पहला प्रश्न दिया गया है इसमें दो कथन दिए गए हैं चार विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है यानी आपको सही कथन का चयन करना है दोस्तों और जो पहला कथन दिया गया है दोस्तों कि पहला कथन लिख रहा है कि भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है कहाँ से कनाडा से जबकि दूसरा कथन कह रहा है दोस्तों कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मकता के लक्षण हैं तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों जो पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है तो जो संघवाद का कंसेप्ट है दोस्तों हमारे देश में हमारे संविधान में तो वो कनाडा से ही लिया गया है तो हमारा जो पहला जो कथन होगा दोस्तों वह बिल्कुल सत्य होगा यानी आपका कथन एक सत्य है दोस्तों संघवाद जो है यानी हमारा जो देश है वह यूनियन ऑफ स्टेट है यानी राज्यों का संघ है जैसा कि हमारे पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और राज्यों का संघ जो होगा वह यह कंसेप्ट संग संघवाद का कंसेप्ट कनाडा से लिया गया है दोस्तों संघवाद में दो तरह के संघवाद होते हैं एक फेडरल होते हैं और एक यूनियन होते हैं और यूनियन हमारा जो देश है वह यूनियन ऑफ स्टेट है जबकि आप अमेरिका को देखेंगे तो वह फेडरल ऑफ स्टेट है तो दोनों का अर्थ संघ ही होता है लेकिन फेडरल में होता क्या है दोस्तों यहाँ पे जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जो आपकी जो हमारे देश में जिस तरह अनुसूचित साथ में तीन प्रकार की लिस्ट बनाई गई है संघ सूची राज सूची और समवर्ति सूची उसके बाद जो अवशिष्ट शक्ति होती है तो अवशिष्ट शक्ति दोस्तों फेडरल कंट्रियों में आपको राज्यों के पास होती है किसके पास होती है राज्यों के पास जबकि यूनियन कंट्री में यूनियन ऑफ स्टेट में आपका जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह आपके सेंटर के पास होती है यानी केंद्र के पास होती है तो यह आपका अंतर है दो तरह के संघवाद में दूसरी बात यह कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संगा संघातमकता के लक्षण हैं दोस्तों संगात्मकता में होता क्या है कि इसमें जो शक्तियाँ होती हैं वह राज्यों और केंद्रों के बीच बांट दी जाती हैं तो यह एक हमारा एक संग संगात्मकता के लक्षण हो गया तो यह भी हमारा क्या है दूसरा कथन सत्य है फिर संगात्मक संगात्मकता का जो लक्षण होता है दोस्तों उसमें क्या होती है एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है न्यायपालिका उसके बाद क्या होता है एक लिखित संविधान होता है क्या होता है लिखित संविधान होता है लिखित संविधान होता है और संविधान की सर्वोच्चता होती है संविधान की सर्वोच्चता होती है संविधान हमारा सर्वोच्च होता है यह संघात्मकता के लक्षण होते हैं तो आपको बताना था इस प्रश्न में दोस्तों कि कौन सा कथन सही है तो दोस्तों इसमें दोनों कथन सही हैं इसलिए जो विकल्प सही होगा दोस्तों विकल्प सी होगा एक और दो दोनों सही होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्षों का सही मिलान कीजिए दोस्तों एक तरफ संविधान सभा की जो समितियाँ थीं उनको दिया गया है और एक तरफ उनके अध्यक्षों का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से सभी का सही मिलान करना है जो पहला दिया गया है दोस्तों उसमें लिखा है कि संघ संविधान समिति दोस्तों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे और देशी वार्ता समिति और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति एक तरफ आपके अध्यक्ष दिए गए हैं और एक तरफ समितियाँ दी गई हैं दोस्तों जो संघ संविधान समिति थी संघ संविधान समिति इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे कौन थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था जबकि मौलिक अधिकार समिति थी दोस्तों मौलिक अधिकार समिति वह बल्लभ भाई पटेल को बनाया गई थी और देसी वार्ता समिति जो थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति मुखर्जी मुखर्जी थे कौन थे दोस्तों एच मुखर्जी तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ए है ए का जो होगा दो होगा ए का दो किसमें है तो आप दो में दिया गया है इसमें ए का दो आपका दिया है दो विकल्पों में तो बी और सी पर ये तो आपका नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तो आपका ए का दो हो जाएगा और मौलिक अधिकार समिति के बल्लभ भाई पटेल थे यानी तीसरा बी में तीसरा तो ए तो आपका जो सही कथन होगा दोस्तों वह विकल्प बी होगा दो तीन एक चार यानी अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति का एससी मुखर्जी दोस्तों यहाँ पे यदि उप समिति न रहे सिर्फ लिखे अधिक... अल्पसंख्यक अधिकार समिति तो अल्पसंख्यक अधिकार जो समिति थी दोस्तों वह उसके अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे लेकिन उप जब लगा देगा तो एससी मुखर्जी समझ लीजिए यहीं पे देसी रियासत समझौता समिति रहता वार्ता न लिख के समझौता लिख देता तो उसके अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई आ, पटेल हो जाते तो इसमें जो सही कथन होगा दोस्तों वह विकल्प बी होगा दो तीन एक चार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसमें भी दो कथन दिए गए हैं चार विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही कथन है सही कथन का चयन आपको करना है जो पहला कथन दिया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक चौबीस जनवरी उन्नीस को हुई और दूसरा कथन है कि संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसे अंतरिम संसद में बदल दिया गया आपको बताना है कि कौन सा सही कथन है दोस्तों जो पहला कथन कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी तो बिल्कुल हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे क्या हुए थे हस्ताक्षर हुए थे और कितने लोग हस्ताक्षर किए थे तो दो सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था जिसमें से आठ महिलाएं भी थीं तो आपका जो पहला कथन होगा दोस्तों बिल्कुल सही होगा और 24 जनवरी 1950 को ही जो संविधान सभा थी उसको भंग कर दिया गया था और उसे जो संविधान सभा थी उसको भंग करके अंतरिम संसद में बदल दिया गया था जो अंतरिम संसद बना दिया गया था कि जब तक संसद नहीं बन जाती है या चुनाव जब तक नहीं हो जाता है तब तक यही जो संविधान सभा है वह एक संसद के रूप में कार्य करेगी तो आपका दूसरा विकल्प दोस्तों बिल्कुल सत्य होगा जब 24 जनवरी को इसको भंग करके अंतरिम संसद बना दिया गया तो 26 जनवरी को छब्बीस जनवरी उन्नीस को संविधान को लागू कर दिया गया और इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया तो दोस्तों इसमें दोनों कथन आपके सही हैं और सही कथन ही पूछा गया है तो आपका जो विकल्प सही होगा दोस्तों विकल्प सी होगा एक और दो दोनों सही होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसमें भी दो कथन दिए गए हैं और आपको असत्य कथन का चयन करना है क्या करना है दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है और विकल्प आपके दिए हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक न तो दो तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा कथन असत्य है पहला जो कथन है दोस्तों मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द मौजूद थे मौजूद थे जबकि दूसरा कथन कह रहा है दोस्तों समाजवादी पंत निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए तो आप बताइए दोस्तों कौन सा कथन इसमें असत्य कथन है दोस्तों जो मूल संविधान जब हमारा बना तो उसमें तीन सौ अनुच्छेद थे आठ अनुसूचियां थी और 22 भाग थे और उसमें यह कह रहा है कि जो मूल संविधान बना उसमें समाजवादी पंत निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे मूल संविधान में समाजवादी पंत निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द नहीं जोड़े गए थे इन शब्दों को कब जोड़ा गया दोस्तों तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया तो आपका जो पहला कथन है दोस्तों बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें समाजवादी पंत निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था इनको जोड़ा कब गाया तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में तो दूसरा कथन आपका सही है और पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है तो दोस्तों पहला इसमें असत्य है तो पहला ही आंसर आपका सही होगा विकल्प ए केवल ए कवाला आपका गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों इसमें भी आपके दो कथन दिए गए हैं और आपको इसमें असत्य कथन बताना है क्या बताना है दोस्तों असत्य कथन जो पहला कथन दिया है दोस्तों कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस क्या दोस्तों संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में इसको मनाते हैं तो छब हमारे देश में जो संविधान दिवस है 26 जनवरी को मनाया गया था क्योंकि 26 सॉरी जनवरी छब्बीस 26 नवंबर 26 नवंबर सौ को हमारे देश के संविधान को अंगीकृत अंगीकृत किया गया था तो इसीलिए 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं दूसरा कथन जो कह रहा है कि संविधान दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 125वें सौ जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2015 हज़ार से मनाया जाता है दोस्तों जो जो दूसरा कथन है कि जो संविधान दिवस जो मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक सौ पच्चीसवें जन्मदिवस पर मनाया मनाया जाता है दोस्तों जो संविधान दिवस मनाया जाता है यानी विधि दिवस यह तो 2015 से ही मनाया जाता है तो बात बिल्कुल खास सत्य है और एक सौ ही जन्मदिन पर मनाया जाता है लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नहीं बल्कि डॉक्टर भीम भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर उपलक्ष पर 2015 से 2015 से 26 नवंबर 1950 को हम विधि दिवस मनाते हैं तो इसमें आपका दूसरा कथन गलत है और पहला कथन आपका सही है तो आपको बताना है कि असत्य कथन कौन था तो दोस्तों इसमें दूसरा असत्य था तो इसमें जो कथन आपका जो विकल्प सही होगा दोस्तों विकल्प बी सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में लिए गए विदेशी स्रोतों का सही मिलान कीजिए दोस्तों हमारे देश में हमारे संविधान में जो विदेशी स्रोत रहे हैं उसी का आपको मिलान करना है तो पहला इसमें दिया है कि एक नागरिकता गणनात्मक शासन प्रणाली मौलिक अधिकार राज्यों में राज्यपाल दोस्तों जो एकल नागरिकता का कंसेप्ट है इसको हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से कहाँ से दोस्तों ब्रिटेन से जबकि गणतंत्र शासन प्रणाली है वह फ्रांस से ली गई है और मौलिक अधिकार आप जानते हैं कि अमेरिका से लिया गया है और राज्यों में जो राज्यपाल हैं दोस्तों कनाडा से लिए गए हैं तो इसके हिसाब से आपका जो विकल्प सही होगा एकल कल नागरिकता आपकी हो जाएगी चार नंबर पर ए का चौथा सही होगा ए में चार कहाँ है उसको हम सर्च करेंगे ए में आपका चार हो जाएगा गणतंत्र शासन प्रणाली यानी बी में तीन ए में चार बी में तीन मौलिक अधिकार अमेरिका यानी दो और राज्यों में राज्यपाल यानि एक तो आपका जो सही विकल्प दोस्तों होगा वो विकल्प बी होगा चार तीन दो एक आपका सही विकल्प होगा अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान में संप्रभुता किस में निवास करती है दोस्तों भारतीय जो संविधान है इसमें जो संप्रभु कौन है तो संप्रभु कौन है दोस्तों संविधान है कि भारत है संविधान है कि भारत में जनता है कि संसद और न्यायपालिका और तो आपको बताना है कौन से इसमें कथन कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों भारतीय संविधान में जो संप्रभुता निवास करती है वह भारत की जनता में करती है जैसा कि हम प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों हम भारत के लोग तो हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता और भारत की जनता में ही संप्रभुता निवास करती है भारत की जनता जिसको चाहें वो राजा बना दे और जिसको चाहें राजा से हटा दे तो भारत में जो संप्रभुता है दोस्तों भारत की जनता में निवास करती है तो आपका विकल्प भी बिल्कुल सही होगा अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या करना है दोस्तों विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों आपको असत्य कथन बताना है तो पहला कथन दिया है कि संविधान में तीन प्रकार की न्याय की अवधारणा दी गई है तीन प्रकार की न्याय की अवधारणा दी गई है जबकि दो प्रकार की समानता की बात की गई है संविधान में तो बताना है दोस्तों कौन सा कथन असत्य है दोस्तों हमारे संविधान में जो न्याय है न्याय है दोस्तों तो तीन प्रकार की हमको संविधान में न्याय की अवधारणा की गई है इसकी परिकल्पना की गई है तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों जो तीन प्रकार की जो न्याय हो, न्याय होती है कौन कौन होती है एक होती है सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय और दूसरी होती है आर्थिक न्याय आर्थिक न्याय और तीसरी होती है राजनीतिक न्याय ये तीन प्रकार के हमारे हमारे संविधान में न्याय की अवधारणा दी गई है जबकि दो प्रकार की समानता हमारा संविधान हमको प्रोवाइड करता है कौन दो प्रकार की समानता कौन कौन तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमारे संविधान में हमको प्रोवाइड की जाती है जबकि जबकि जिस आप जानते हैं कि पांच प्रकार की स्वतंत्रता भी हमको मिली है कितनी मिली है पांच प्रकार की स्वतंत्रता भी मिली है और कौन कौन विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तो इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा कथन हमारा असत्य है दोस्तों तो इसमें दोनों कथन आपके सत्य हैं तो इसमें कोई भी सतन, कथन असत्य नहीं है इसलिए विकल्प डी सही होगा नौ तो एक नौ तो दो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया जो दोस्तों हमारा हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है तो उसको किस बाद में वो संविधान का अंग माना गया दोस्तों एक बाद आया था बेरुबारी बनाम 1960 बेरुबारी बनाम भारत संघ 1960 इस बा में क्या किया गया जो प्रस्तावना थी प्रस्तावना को यह बताया गया कि यह संविधान का भाग नहीं है क्या बताया गया दोस्तों यह संविधान का भाग नहीं है लेकिन एक केस आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज उन्नीस का केस है दोस्तों इसमें निर्णय यह आया कि जो प्रस्तावना है वह हमारे संविधान का एक अंग है क्या है दोस्तों प्रस्तावना हमारे संविधान का एक अंग है और प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं लेकिन संविधान के मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए कहीं भी हम संविधान का संशोधन करें तो हमेशा हमका जो संविधान का जो मूल ढांचा है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए तो इसमें जो कथन आपका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प भी सही होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज जो है इसमें तेरह जजों की पीठ ने इसका फैसला दिया था और यह आज तक की सबसे बड़ी पीठ थी जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ग्यारह जजों की एक पीठ बनाई गई थी यह दूसरी सबसे बड़ी पीठ रही है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों इसमें चार आपके विकल्प दिए गए हैं राजनीतिक समानता गरिमा व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा की समानता और राष्ट्र की अखंडता तो आपको बताना है कि किसका उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों हमारे जो उद्देशिका है उसमें तीन तरह की बात की गई है कि व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा की समानता और राष्ट्र की अखंडता जबकि राजनीतिक समानता की बात उद्देशिका में नहीं की गई है इसलिए हमारा जो विकल्प होगा दोस्तों विकल्प ए सही होगा विकल्प ए सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद